चीन की टेनिस स्टार पेंग शुआई बीते कई दिनों से गायब है पेंग शुआई ने कुछ समय पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार के एक बड़े अधिकारी पर सेक्सुअल असोल्ट के आरोप लगाए थे पैंतीस साल की पेंग ने लिखा था पूर्व उप और सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य झेंग गाओली ने तीन साल पहले लगातार इनकार करने के बावजूद मुझे यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य किया सात साल पहले भी उन्होंने मेरे साथ यही किया था बाद में जिनपिंग सरकार ने पेंग शुआई का बयान सोशल मीडिया ऐसी हटवा दिया इसे जिनपिंग की ताना शाही के तौर पर देखा जा रहा है इधर टेनिस वर्ल्ड में उनके लापता होने पर खलबली मची है टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने भी पैन के लापता होने पर सवाल उठाए हैं आई डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट इट आई डिड हियर अबाउट इट अ वीक अगो एंड इट्स ऑनेस्टली इट्स शॉकिंग यू नो दैट दैट शी इज मिसिंग आई मीन मोर सो दैट इट्स समवन दैट आई हैव सीन ऑन द टूर इन द प्रीवियस इयर्स क्वाइट अ फ्यू टाइम्स सो आई मीन uh there's not much more to say than than hope that uh, she will be found that uh, you know that she's she's okay and it's it's it's just it's terrible that um you know i can imagine just how her family feels you know that that she's missing nuwaki alawa pink sui ko lekar japan ki tennis star naomi osaka ne likha nahi pata ki aapki nazrein khabron par hain ya nahi lekin haal mein mujhe ek sath hi khiladi ke bare mein pata chala jo apne yon utpeedan ka khulasa karne ki koshish को दबाना किसी भी कीमत पर सही नहीं है